मैयर की केजेएस सीमेंट फैक्ट्री हमेशा विवादों में बनी रहती है अब एक बार फिर आलूवालिया समूह की केजेएस सीमेंट फैक्ट्री में श्रमिक नेता की हत्या पर विवाद खड़ा हो गया है श्रमिक नेता मनीष शुक्ला की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी जिसके बाद कंपनी पर अब सवार निशान खड़ा हो गया है वही मौत की खबर के बाद प्लांट कैंपस में तनाव के हालात बन गए हैं अलूवालिया समूह की केजे सीमेंट फैक्ट्री के मजदूर नेता मनीष शुक्ला की अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी मनीष पर कुछ अज्ञात लोगों ने लाठी और लोहे की रॉट से हमला कर दिया था जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उसे जबलपुर रेफर कर दिया गया था जहां उसकी मौत हो गई बताया जा रहा है कि मनीष ने इलाज के दौरान नागेंद्र सिंह पटेल और एस के सिंह पर हमला करवाने की आशंका जताई थी मारपीट करने वाले भंवर के साथ देने को लेकर नाराज थे वे मारपीट के दौरान भंवर के साथ देने को लेकर गाली ग्लोज कर रहे थे इस घटना को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है लोग केजेएस सिमेंट प्लांट पहुंच रहे हैं जहां भारी पुलिस बल तैनात है पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और हत्या से जुड़े संदिग्ध लोगों की तलाश में जुट गई है मैयर पुलिस केजेएस प्लांट पहुंची जहां से उन्होंने प्रमोद पटेल और जेपी सोनी को थाने भेजा नागेंद्र पटेल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है